जो पिछले कार्य आज तक नहीं हुए हैं जैसे नाले का कार्य जो जल निकासी होता है और वृद्धा पेंशन हुआ विधवा पेंशन हुआ विकलांग पेंशन हुआ जो गरीबी है हम उस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं मेरा मेन उद्देश्य यही रहा है अपना वृक्षारोपण का कार्य करना ये सब जो है दृष्टि से हरा भरा होना चाहिए यही सब हमारा कोरोना जागरूकता के लिए भी सरकार कार्यक्रम चला रही है उसके लिए क्या करेंगे भाई अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने का कार्य किया जा रहा है हमेशा लोगों को मास्क पहनने का दिया जा रहा है लोगों को जो है संदेश दिया जा रहा है कि मास्क पहने समाज से थोड़ी दूरी बनाए रखें भीड़ में ज़्यादा भीड़ न लगाए भीड़ से थोड़ा दूरी बना रखें महिला सशक्तिकरकरण के बारे में क्या सोचते हैं महिला सशक्तिकरण के मतलब महिलाओं को बच्चियों को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाने का कार्य करें समाज में जो है उनकी एक अलग पहचान बनाने का कार्य करें फ़ु। और समूह और उनको समूह में रखने का कार्य करें जो है उनका मनोबल बढ़े गरीबों के लिए आवास वगैरह हाँ आवास गरीबों के लिए आवास जो है अधिक से बनाया जाए जिससे कि उनको रहने के लिए खाने के लिए जीने के लिए उनका अधिकार मिल सकता है